की आएगी तू तू के छाएगी छाए सपनों में ओ सपनों में रहने वाली दिल का सच्ची की मति में तू मचती है थोड़ा नहीं थी सपनों तू की जुना उस पल न रहे बातु बहीन ससुरे होते रहे तू ना आई माता की तू ना वाली ये क्यों सैम कहिया बाली तुम्हें ही है, जो है, दे मैं मैं जो है, जो जान साथी साथी होना जना